हमारी तो आदत है मुस्कराह के बात करने की हमारी मुस्कुराहट को वो प्यार कहने लगे अजी हमारी तो आदत है मुस्कुरा के बात करने की हमारी आदत को वो प्यार कहने लगे हमने तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था वो तो मैं अपना महबूब कहने लगे